हेलो फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे वफादार जानवर के बारे में हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे वफादार जानवर डॉग्स होते हैं और वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं डॉग्स अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे दिया करते हैं कुत्तों की सूँने की क्षमता के कारण इनका इस्तेमाल जासूसी में भी किया जाता है कुत्तों को इंसानों द्वारा सदियों से पाला जा रहा है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 21 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट डॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर वन जन्म के समय कुत्ते के पिल्ले अंधे भहरे और दांत रहित होते हैं अपनी नाक के हीट सेंसर की सहायता से वे अपनी मां को खोज पाते हैं फैक्ट नंबर टू एक कुत्ते के पिल्ले के अट्ठाईस दांत होते हैं और एक व्यस्त कुत्ते के बयालीस दांत होते हैं फैक्ट नंबर थ्री आप सोचते होंगे कि दुनिया के सभी कुत्ते भौंकते होंगे लेकिन ऐसा नहीं है बैसनजी नस्ल एक लौती है जो भौंकती नहीं है फैक्ट नंबर फोर कुत्ते भेड़ियों के वंशज माने जाते हैं इनका डी एन में निन्यानवे प्रतिशत भेड़ियों से मिलता जुलता है फैक्ट नंबर फाइव इंसानों की उंगलियों के निशान की तरह सभी कुत्तों के नाक के निशान भी अलग अलग पाए जाते हैं फैक्ट नंबर सिक्स कुत्ते बहुत अच्छे तैराक होते हैं वह पानी में बहुत ही अच्छी तरह से तैर सकते हैं फैक्ट नंबर सेवन कुत्ते इंसानों की तरह सपने देखते हैं उनका सोते समय पैरों का हिलाना इस बात का संकेत है फैक्ट नंबर एट इंसानों का ब्लड चार तरह का होता है वहीं कुत्तों का ब्लड तेरह तरह का होता है फैक्ट नंबर नाइन कुत्तों के पेशाब में इतना एसिड होता है कि धातु को भी पिंगला सकता है जैसे कि लोहा इसलिए उन्हें अपनी मूल्यवान धातुओं की वस्तुओं से दूर ही रखी फैक्ट नंबर टेन दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता अमेरिकन पिटपुल माना जाता है फैक्ट नंबर 11, दुनिया में कुत्तों की सबसे पुरानी नस्ल सालूकी है जिसकी उत्पत्ति तीन ईसा पूर्व को मिस्र में हुई थी फैक्ट नंबर 12, कुत्तों की सबसे छोटी नस्ल चीहा है जिसकी लंबाई लगभग छः इंच होती है फैक्ट नंबर थर्टीन दुनिया में सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाले कुत्ते का नाम मैगी था वह 30 साल की उम्र तक जीवित रहा था फैक्ट नंबर 14। ईरान में कुत्ते पालना गैरकानूनी है ऐसा करते पकड़े जाने पर सजा के तौर पर चौहत्तर कोड़े मारे जाते हैं फैक्ट नंबर 15। कुत्ते पालने वालों को उच्च रक्तचाप हाई बी पी की समस्या नहीं होती है फैक्ट नंबर सिक्सटीन जब कुत्तों के मालिक किसी दूसरे को प्यार और दुलार करते हैं तो कुत्तों को जलन होने लगती है फैक्ट नंबर 17 कुत्तों को अक्सर गाड़ियों के पीछे भागते देखा जाता है दरअसल तो कुत्ते गाड़ियों के टायर पर पेशाब कर अपना इलाका तय करते हैं जब वह गाड़ी दूसरे मोहल्ले से गुजरती है तो वहां के कुत्तों को पेशाब की वो गंद सहन नहीं होती और वे गाड़ियों के पीछे भागने लगते फैक्ट नंबर एटीन कुत्तों का औसत जीवन काल लगभग दस से चौदह वर्ष तक होता है फैक्ट नंबर नाइनटीन कुत्ते इंसानों की तरह लेफ्ट और राइट हैंडेड होते हैं फैक्ट नंबर 20 रिसर्च के अनुसार पाया गया है कि लगभग 21 प्रतिशत कुत्ते अपनी नींद में खरटे लेते हैं फैक्ट नंबर 21 कुत्तों की सुनने की क्षमता इंसानों से पाँच गुना तेज होती है आप इनमें से कितने फैक्ट जानते थे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग